प्रदेश के गृह डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा श्रमिक कार्ड पंजीयन के आयोजन में शामिल हुए पीताम्बरा पीठ पहुंचकर मां माँ देवी की पूजा अर्चना की साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में आम जनों की समस्या सुनी और समस्याओं के निराकरण के लिए जिले के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गृह डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा माँ पीताम्बरा देवी मंदिर पहुँचे जहाँ उन्होंने माँ बगला के दर्शन कर वन महादेव का जलाभिषेक किया गृह मंत्री अपने निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रावरी पहुंचे इस दौरान ग्रामीणों ने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को बग्गी पर बैठाया नरोत्तम मिश्रा ने बग्गी पर बैठकर गांव का भ्रमण किया जहां ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया ग्राम रावरी में आयोजित श्रमिक कार्ड वितरण पंजीयन आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि गृह मंत्री शामिल हुए गृह मंत्री ने कहा स्थानीय कांग्रेस नेता सिर्फ जोर से बोलकर भारतीय जनता पार्टी की विकासशील योजनाओं को दबा सकते हैं, लेकिन खुद 45 साल में क्या किया वो बता नहीं सकते थी। वो कह रहे थे मैं इसी गांव का हूँ अच्छा वो कह रहे थे बात सही बात है क्या 45 साल में उन्होंने कोई काम नहीं कराया नहीं सही बात है क्या द्राएं। द्राएं। द्राएं। है एक हाथ तो कराया हुआ ना पंद्रह महीने में नहीं मैं तो जानकारी ले रहा हूँ चूंकि उनने बोला है इसलिए कुछ भी नहीं पैतीस साल कभी तो कराया उपरू कहा नहीं मेरे को आरू शादी मैं तो जानकारी के लिए ले रहा हूँ देखो वो एक अच्छी कला जानते हैं और वो कला है कि सामने वाले को इतनी जोर जोर से गाली दो इतनी जोर जोर से आलोचना करो कि लोगों का ध्यान मुंह पे जाएगी पूछे नहीं कि तुमने क्या का करो। तो एक काम करते जैसे मैंने आज एक सारी घोषणा करी इनमें से जो जो नहीं होगी ना चुनाव पे वो ही आगे बोत हो रहा है देखो ये भाई का ये भाई का ये भाई का ये बात बातें पूछ पाओगे तुम तब नो की तुमने क्या करोग पैंतीस साल जीते तो तुम अते ना जी पोलिंग से अड़वे आजादी के बाद से 55 साल से वे ही लड़ रहे पचपन साल से पैतीस साल जीते हैं लड़े पर गई है जीते पर गई है तो जब वे पावर में आए तो कुछ नहीं किया ये नहीं बताएंगे हमको चोर कहेंगे ढोल कहेंगे मक्खा कहेंगे जो भी कह सकते हैं वो सब कहेंगे तो ये स्थिति जो रहती है